वही बोलोगे आम का अ औरत का अंगुर का तो आपने पूरी बाराखड़ी सीखी है पिक्चर को देख के वो पिक्चर आपके दिमाग में बैठ गए सो तो उसी तरह से यहाँ पर बहुत सारे पिक्चर्स होंगे जो आपको अपने प्रोडक्ट को कैसे बेहतर बनाना है और कैसे उसको बेहतर तरीके से पैकेजिंग करना है जब हम पैकेजिंग बोलते हैं ना तो एक दिमाग में वो होने लगता है यार पैसा कितना लगेगा कैसे बनाएंगे कैसे करेंगे ये भी एक बहुत सारे सवाल हमारे दिमाग में आते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है इतना ज़्यादा भी उसके लिए नहीं सोचना है उसकी चर्चा हम आगे करेंगे मैं आपको एक नेक्स्ट स्लाइड कर लीजिए देखिए जैसे ही हम पैकेजिंग ब्रांडिंग की बात करते हैं ना तो आपने और भी चीज़ें देखी होगी कोई स्कूल में आ रहे हैं कि आपका बच्चा किसी स्कूल में पढ़ रहा है उसकी डायरी के उसकी कॉपी के ऊपर आप दिल्ली में या छोटे शहरों में भी आज चले जाए उनकी कॉपियों के ऊपर स्कूल का नाम पता सब लिखा रहता है ऐसा नहीं कि एक जगह कॉपियां छप रही हैं किताबें छप रही हैं और लोग उनको पैन इंडिया खरीद रहे हैं हर स्कूल अपनी कापी छाप कवर है कवर पेज पेपर वही है अंदर लेकिन कवर पेज पर पे हर स्कूल का नाम लिखा हुआ है कि ये जी आ, बाल स्कूल है ये शिशु मंदिर स्कूल है ये केंद्रीय विद्यालय है सारी कॉपियों के ऊपर लिखा हुआ है कहीं पे है। कहीं पे पेन के के ऊपर बांट रहे हैं पर आप अपना बना रहे हो अपना चिट्ठी लिखने के लिए एक एनवल बना रहे हो उसमें अपना एक लोगो नाम पता सब लिख रहे हो तो जब हम ब्रांडिंग बोलते हैं ना तो ब्रांडिंग सिर्फ इन्ही चीजों से नहीं होती है ये एक आ, सोच है कि हम ब्रांडिंग करेंगे तो हमको तो पहले पिन पे अपना कंपनी का नाम पता लोगों लगाना पड़ेगा हमको एक लेटर हेड बनाना पड़ेगा हमको एक एनवलप uh, बनाना पड़ेगा लिफाफा बनाना पड़ेगा जिसपे हम चिट्ठी किसी को भेजेंगे तो हमारा विजिटिंग कार्ड बनाना पड़ेगा ये चीज़ें हैं ये प्रोडक्ट हैं अपने आप जिनको आप इस्तेमाल करते हो इन पर अगर आप लिख दोगे तो अच्छी बात है वो एक हिस्सा है उसका ब्रांडिंग सिर्फ इतना सा नहीं है तो अगर कोई आपको बोले कि नहीं कि आपको ब्रांडिंग करना है तो ये करना पड़ेगा ये पिक्चर हैं आपके सामने आप देखिए आप इसको सीडी देंगे पेन ड्राइव देंगे उसके ऊपर अपना नाम पता लोगो आप क्या प्रोडक्ट बनाते हैं उसके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन लिख करके अमूमन लोग देते हैं आपने भी कहीं से लिया होगा लेकिन ब्रांडिड सिर्फ इतना नहीं है ब्रांडिड के इसके अलावा भी कई कई आस्पेक्ट्स हैं कई उसके हैं जो आपको ध्यान में रखना चाहिए ये जरूरी नहीं है कि आप सारी चीजें बनाएं कि एक सीडी कवर भी बनाएं जिसमें आप अपना लिख करके दें और वो एक फॉर्मेट ऐसा सा हो गया है आजकल की हर कोई जो कंपनी नई रजिस्टर भी कर रहा है शुरू भी कर रहा है वो सबसे पहला कार्ड बनाएगा, बनाएगा पेन ड्राइव में लिख करके देगा आजकल तो सी नहीं दे हैं लोग पेन ड्राइव में अपना नाम पता लिख करके देगा तो ये सब सारी चीजें हैं ये प्रोडक्ट हैं इसमें से अगर आप कुछ करेंगे कुछ नहीं करेंगे और आपको किस प्रोडक्ट की ज़रूरत है ये भी आपको सोचना है आपको क्या विजिटिंग कार्ड जरूरी चाहिए क्या आपको पेनड्राइव एक उसके लिए चाहिए क्या आपको लिफाफा छपवाना है क्या आपको लेटर एक छपवाना है नहीं छपवाना है तो इन हर प्रोडक्ट की अपनी एक उपयोगिता है उसको आपको समझ करके कि किसी एक प्रोडक्ट को अडोप्ट करना चाहिए किसी एक प्रोडक्ट को आपको लेना चाहिए अपने ब्रांड प्रमोशन के लिए ये सारी चीजें प्राइम प्रमोशन के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं अगर कोई बच्चा स्कूल से जैसे एक कॉपी में उसका नाम लिखा हुआ है कि बाल भारती स्कूल है वो बच्चा कहीं भी जाता है ट्यूशन में जाता है इधर जाता है तो उस स्कूल का प्रचार प्रसार होता है तो आपका नाम आपका लोगों कहाँ छपना चाहिए ये आपको समझना बहुत जरूरी है ये समझना ये समझे बिना हर जगह छपवा के अनावश्यक रूप से अपने पैसों की बर्बादी करना उसको खर्चा करना बड़ा मुश्किल ये गलत ये नहीं करना चाहिए तो सबसे पहले करें अपने व्यापार के हिसाब से अपने बिजनेस के हिसाब से कि हमें कहां पर अपना लोगों नाम पता लिखना है ये बहुत जरूरी है इसको समझना जैसे मैं बोल रहा था आपको की ब्रांडिंग की जब हम बात करते हैं तो उसके कई सारे आस्पेक्ट हैं है ना तो उन एस्पेक्ट्स में से एक एस्पेक्ट होता है एक्सपीरियंस है ना तो आपने देखा होगा कई जगह पर हम एक्सपीरियंस के लिए बहुत ज्यादा पैसा देते हैं है ना जैसे आपने एक चाय पीनी है घर पे और वही चाय कहीं और पीनी है थ्री स्टार होटल में फाइव स्टार होटल में इनग्रीडियंट सेम है वैसे ही बन रही है सब कुछ हो रहा है लेकिन आपको वहाँ पे उस चाय के 500 रुपए या हजार रुपए या दो हजार रूपये देने पड़ेंगे हो सकता है पहले ही पांच हजार पड़े। एक बड़ा वो चल था एक टाइम पे कि एक केला किसी फाइव स्टार सेवन स्टार होटल में साढ़े चार सौ रूपये का बिल किया था ब्रेकफास्ट में किसी ने केला लिया तो साढ़े चार का बिल उसकेले का आता केला तो वही है भैया पचास रूपये एक रुपए का केला है, है साढ़े चार किस बात के लेकिन वो वो एक्सपीरियंस है जिस तरीके से सर्व करेगा जिस तरीके से लेकर आएगा वो वो एक एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस है। तो हम किस किस तरीके से दे सकते हैं वो आपकी ब्रांडिंग को और ज्यादा प्रमोट करता है आपके ब्रांड रिकॉल वैल्यू को कि लोग उसको याद रखें आपके आप, आप, आप आपके यहाँ पर कोई आया कस्टमर तो उसका अराइवल एक्सपीरियंस क्या है वो कैसे आपके यहाँ आकर के महसूस कर रहा है स्टॉल में अगर कोई आ रहा है आपका यहाँ टे तो आप आपके जो ऊपर आपने अपना नाम लिख रखा, रखा है उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप एक एक्सपीरियंस पैदा करें अपने छोटे से इन्वायरमेंट में जैसे आपका घर है आप अपने घर को जो भी संसाधन वहाँ पर उपलब्ध है, जो भी आपकी एबिलिटी है उसके हिसाब से आप सुंदर बनाने की कोशिश करते हो आपके यहाँ जो भी आता है उस एक्सपीरियंस को महसूस करते हो वैसे ही आपको जो संसाधन आपके पास है जो कुछ भी है उससे आप क्या एक्सपीरियंस दे सकते हो वो एक एक्सपीरियंस पैदा करने की कोशिश करना चाहिए वो आप वो एक याद रखने का तरीका होता है जैसे एक चीज है कि हम जो यादाश्त होती है हमारी वो दो हिस्सों में होती है एक हम दिमाग में याद रखते हैं एक होती है होती है है मसल मेमोरी आप आप जैसे कार चला रहे हैं ऑटोमेटिकली अपने आप रास्ते पे चलते रहते हैं क्योंकि आप उस रास्ते से दस बार बीस बार पचास बार सौ बार जा चुके हैं और अगर आप पैदल भी चल रहे हैं तो आपको नेविगेट करने की जरूरत नहीं है आप ऑटोमेटिकली चलने लगते हैं तो आपके शारीरिक मेमोरी आपकी मसल मेमोरी में वो चीज बैठ गई इसीलिए आप उस रास्ते पे भटकते नहीं है अपने आप चलते रहते हैं तो हमारा शरीर कई चीजों से बातों को याद रखता है सिर्फ दिमाग से याद नहीं रखता है सिर्फ आँख से याद नहीं रखता है वो सुगंध से भी याद रखता है वो आवाज से भी याद रखता है ना तो हमारा शरीर कई तरीके से चीजों को याद रखता है तो हम कौन सी चीज है क्या एक संगीत चल रहा है छोटा सा हल्का सा हमारे स्टॉल में जो उन आपके जो कस्टमर आ रहे हैं उस संगीत को सुन करके क्या आपके स्टॉल को आपकी बात को याद रख सके ताकि कहीं भी वो अगर संगीत बज रहा हो तो वो उस चीज़ को उनके दिमाग में आया कि हाँ ये म्यूजिक मैंने वहाँ सुना था वो उसके यहाँ ये प्रोडक्ट थे तो एक इम्पैक्ट बैठ गया उसके अंदर एक उसकी याददाश्त आप में आपने डाल दिया तो सिर्फ ये नहीं कि हमको दिखा के याद रखना है कि हम लोग को छापे के तभी पता चलेगा उसको ऐसा नहीं है हमारे आप एक्सपीरियंस कई तरीके से उसमें कर सकते। दूसरा होता है इमोशन emotion. आप इमोशनल जो क्वेश्चन है इमोशनल ब्रांडिंग है वो आपको करनी चाहिए इसका इस्तेमाल आपने देखा होगा कई सारे नेता बहुत अच्छे से करते हैं हर साल चुनाव में आके इतना इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं आपको और आपका वोट ले जाते हैं उसके बाद फिर आते ही नहीं चार साल पाँच साल बाद फिर आएंगे फिर कुछ इमोशनल बात करेंगे फिर आप वोट दे देंगे फिर आप, आपने एक्सपीरियंस किया होगा आपके यहाँ लोकल पंचायत के चुनाव में भी आगे अरे बहन जी क्या हो गई तो मैं बनवा दूंगा इतना इमोशनल आपको वो करके जाएंगे सो जो इमोशनल कोशेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके ब्रांडिंग uh, के लिए वैसे ही आपका रिलेशनशिप आप कैसे बात कर रहे हैं जैसे सर ने बताया कल कोई कम्युनिकेशन पे आपसे बात करेगा तो दे टॉक मोर तो वो और ज़्यादा बात करेंगे आपसे रिलेशनशिप कैसे मेंटेन करना है और कैसे uh, उसको आगे बढ़ाना है कस्टमर के साथ या जो भी आपका बायर है उसके साथ और, और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्टोरीज जो लास्ट में लिखा हुआ है कि कहानियाँ आपके प्रोडक्ट की और आपके प्रोडक्ट के साथ अगर कोई कहानी आप जोड़ते हैं कोई स्टोरी जोड़ते, को स्टोरी जोड़ते हैं कोई स्टोरी लाइन जोड़ते हैं प्रोडक्ट तो बहुत है मार्केट में बहुत लोग प्रोडक्ट बनाते हैं पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एक स्टोरी के साथ बिकती एक कहानी के साथ बिकती उसके साथ जब उसके साथ, को साथ कोई स्टोरी होती है तो वो दूसरों को बताते हैं आपसे मैंने खरीद के ले गया मान लो मैंने ये जैकेट खरीदा है आपसे और ये कहानी है एक स्टोरी है कि इसको बनाने के लिए आपने जो कपास का इस्तेमाल किया है वो कपास आपने अपने बगीचे में उगाया था उस कपास को आपने वहाँ से लेकर के आपने खुद अपने घर में प्रोसेस किया है तो वो कहानी आपने मुझे बताया खरीद के तो मैं भी उस कहानी को आगे बताऊंगा और जो प्रोडक्ट मैंने आपसे खरीदा है उसको मैं इंजॉय करूँगा और इससे क्या होगा इससे ये होगा कि आपके प्रोडक्ट की पब्लिसिटी होगी लोग उसके बारे में और क्यूरियसिटी होगी उनके अंदर वो और जानना चाहेंगे तो इस तरह से आप अपने प्रोडक्ट की कहानी कहानी जोड़ी है उसके साथ उसके साथ एक उससे क्या होता है बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी आपके कस्टमर की और आगे भी आपका व्यापार उससे बढ़ता रहेगा हाँ अब ये दो पिक्चर है आपके सामने आप मुझे नहीं पता इसमें से आ, नीचे वाले को तो आप जानते होंगे कितने लोग जानते हैं नीचे वाले को? आपने देखा है इनको ऊपर वाले को जानते हैं आप जानते होंगे अगर पिक्चर दिखाए बिना नाम के तो पहचाने जाएंगे तो ऊपर वाले को बहुत कम लोग जानते हैं नीचे वाले को सब सब जानते जानते जानते हैं, हैं? हैं, लेकिन अगर यहीं पे मैं ये लड़की दिखा दूं। इसको, इसको कितने लोग है ना? और अगर मैं सिर्फ ये दिखाऊंगे तो तो पर अंकल जी के फोटो को सब जान जाएंगे तो ये क्या है? ये क्या क्या है है है है है कि कि कि वो वो चल चल रहा रहा रहा जो जैसे मैं बोल रहा था पिक्चर की बना दी है उन्होंने आपके दिमाग में घुसा दिया अ होता है। और औरत का ही होता है और कई सारी चीजें वो ओखली का ही होता है आज भी किताब छापो जब मैं भी पढ़ा था तो भी ओखली थी नहीं? तो इन्होंने क्या करा है आपके दिमाग में घुसा दिया है पूरी तरह से कि निर्मा मतलब वो मतलब वो लड़की एनडीएच ये अंकल जी अब इसके चक्कर में इनके बेटे को क्या करना पड़ा उसको भी दाढ़ी रखना पड़ा और उसको भी एड में आना है अब जो वो एड बना रहे हैं वो भी दाढ़ी मूछ रख के अंकल जी को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं आपने देखा होगा स्वाद आया क्या बोलकर आ रहे हैं है ना और वैसी उसी स्टाइल में आकर के एकदम तो वो अंकल जी की देन है कि उनको भी आना पड़ रहा है नहीं तो वो किसी और को हायर कर लेते हैं पर अंकल ने खुद किया आपकी तो एक इस तरह से आपने अपना विजुअल आइडेंटिटी बनाते हैं आपने कोई चीज़ अगर आपने एक तरीका बनाया अपने स्टॉल को सजाने का अपने स्टॉल में नाम लिखने का तो आपको उसको कंटिन्यू करना चाहिए उसके इम्पेक्ट को स्टडी करके उसमें कैसे सुधार करना है उसके लिए मैं अगला पिक्चर आपको दिखाऊंगा लेकिन पहले इसमें थोड़ा सा और बात कर लेते हैं तो जैसे मैं बोल रहा हूँ so, वैसे ही जैसे आप देखते हैं कि अमूल अमूल में आ, दो कैरेक्टर आते हैं कार्टून कैरेक्टर वो भी अमूल का आ, एक निर्मा गर्ल की तरह फेमस है और अंकल जी की तरह भी Uh, कई सारे जैसे uh, बीकाजी का नमकीन तो अमित जी अमित जी बीकाजी so, सो कुछ इस तरीके से आपके दिमाग में भरते हैं वैसे हमको भी हम तो कोई अमिताभ बच्चन को हायर नहीं कर सकते उसको उनको नहीं बोल सकते कि आप हमारे लिए बोलिए अंकल जी के पास तो बहुत पैसा था वो तो किसी को भी खरीद लेते बोलते कि मेरे लिए बोलो पर अंकल जी ने खुद किया वो खुद ही बोले आप खुद भी अपने लिए ब्रांड एम्बेडर बन सकते हैं आपका चेहरा भी उतना ही इंपैक्टफुल हो सकता है उस आपके ब्रांड आइडेंटिटी के लिए विश्वास आपको अपने अंदर लेना पड़ेगा जैसा वो अंकल जी ने लिया और आप एमडीएच के लोगों को पहचाने ना पहचाने वो अंकल जी को जरूर पहचान जाएंगे इतना इम्पैक्ट उन्हें क्रिएट किया तो वो इस तरह से आप अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करिए उस तरह से एक पहचान बनाने की कोशिश करिए ये एक पर्सनालिटी की बात है इसको मैं दूसरे तरीके से समझाऊंगा पर्सनालिटी आपके एक प्रोडक्ट है आपका उसकी एक पर्सनैलिटी होती है वो एक तरीके का प्रोडक्ट है जैसे अगर ये जैकेट है और एक और जैकेट है जो आपका तो कोट होता है और एक लॉन्ग कोट है है ना या आप सलवार सूट पहनते हैं या साड़ी पहनते हैं इसमें हर एक प्रोडक्ट का अपना एक पर्सनालिटी है और उस पर्सनालिटी के हिसाब से उस प्रोडक्ट को खरीदने वाला है अब ये जरूरी नहीं है कि मैं जाकर के एक धोती कुर्ता खरीद ली क्योंकि मैं नहीं पहनता हु मेरी पर्सनालिटी नहीं है मेरी आइडेंटिटी नहीं है वैसे मुझे लोग उस तरीके से ना देखते हैं ना पहचानते हैं समझ रहे मैं क्या कहना हूं तो मैं कभी भी धोती नहीं खरीदूंगा कुर्ता पहना खरीदूंगा क्योंकि मैंने ना पहनी है ना पहना है ना मुझे लोग उस तरीके से जानते हैं ज़्यादा ज़्यादा से जादा क्या करूंगा मैं पजामा खरीदूंगा कि अगर पूजा पाठ में बैठना है घर में कुछ रिचुअल्स हैं तो क्या करूंगा मैं कि पैजामा खरीद लूंगा और कुर्ता पहन लूंगा और पूजा पे बैठ जाऊंगा इसमें उस प्रोडक्ट का एक पर्सनैलिटी होता है और उस प्रोडक्ट को खरीदने वाले का भी अपना एक पर्सनालिटी होता है तो सबसे पहले क्या करना है हम हमको हम जो भी उत्पाद बना रहे हैं जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उस प्रोडक्ट की पर्सनालिटी को समझना है कि ये प्रोडक्ट है क्या इसको खरीदेगा कौन और खरीदने वाला क्या यहाँ आता है अगर आता है और किया तो नहीं आता तो किस तरीके के लोग आते तो जब तक आप अपने उत्पाद की एक पर्सनैलिटी है उसको नहीं समझोगे उत्पाद की पर्सनालिटी को नहीं समझोगे तो उस उत्पाद को आप प्रमोट भी नहीं कर पाओगे उस तरीके से है है है ना हर चीज का एक कैरेक्टर अब जैसे भाई साहब ने ये टोपी पहनी हुई सो और एक है। एक गांधी टोपी है ऐसी सेना सुभाष चंद्र बोस जी की सारी less, इसी तरह का फॉर्म है उनका शेप है लेकिन सबका अपना अलग अलग कैरेक्टर है और सब उस तरीके से उन चीजों को खरीदते हैं वो यहां ये दिखाने की कोशिश की है है कि जैसे जस्ट एक नाइकी प्रोडक्ट स्पोर्ट्स प्रोडक्ट स्पोर्ट्स के लिए जो बच्चे खेलते हैं कूदते हैं और स्पोर्ट्स में जो गारमेंट्स और फुटवेयर पहने जाते हैं वो वो बनाते हैं तो उनको खरीदने वाला पर्सनालिटी अलग है वो जो एक्सरसाइज करेगा जो स्पोर्ट्स को ज्यादा पसंद करता है जो खेलकूद को ज्यादा पसंद करता है जो एक्सरसाइज को एंजॉय करता है उसी तरह के लोग ज्यादा खरीदेंगे तो मैं आपको यहाँ ये कहना चाहता हूँ इस स्लाइड के माध्यम से कि आप अपने उत्पाद की एक जो पर्सनालिटी है जो उसका कैरेक्टर है उसको समझने की कोशिश करें उसके बाद है कि मैसेजिंग आपका हर उत्पाद आपका हर प्रोडक्ट एक मैसेज लेके चलता है वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कहता है वो प्रोडक्ट कम्युनिकेट करता है हम उसको समझते हैं नहीं समझते हैं वो अलग बात है कि मेरा प्रोडक्ट क्या बोल रहा है वो प्रोडक्ट अपने आप में कैसे कस्टमर को अट्रैक्ट कर रहा है नहीं कर रहा है क्या उससे कम्युनिकेट कर रहा है ये सारी चीजें उसके अंदर इनहरेंट होती है जब भी आप किसी एक चीज को बनाओगे प्रोडक्ट को बना दोगे तो उसकी अपनी लैंग्वेज है वो कम्युनिकेट करता है ठीक है और उससे क्या होता है जैसे ये यहां पर एग्जांपल है आप अपने प्रोडक्ट को कैसे से क्या कम्युनिकेट कराना चाहते हो और कैसे कम्युनिकेट कराओगे इसमें लिखा हुआ है कि यह सर्फ का एक, एक आ, है है जैसे होता है वैसे एरियल सर्फ आप लोग इस्तेमाल करते होंगे उसमें कि सिर्फ महिलाएं कपड़े क्यों ठीक है पुरुष भी क्यों नहीं मैसेज वो देना चाहते हैं उसके माध्यम से अपने प्रोडक्ट के माध्यम से उसी तरह से आप अपने प्रोडक्ट के साथ कोई मैसेज टैगलाइन लगा करके आ, उसको प्रमोट कर सकते हैं नेक्स्ट स्लाइड से प्रोडक्ट प्रोडक्ट में क्या होना चाहिए प्रोडक्ट में दो तीन पिक्चर है यहाँ पर दो पिक्चर है दो कंपनी के एक स्टारबक्स कॉफी है और दूसरा बॉस का साउंड सिस्टम है तो उसको बहुत अच्छा मानते हैं तो क्यों अच्छा मानते हैं क्योंकि उसके अंदर एक क्वालिटी बॉस का जो साउंड क्वालिटी है वो दूसरे जो उसकी आवाज़ का अनुभव है जो आप वो आवाज़ें आती हैं उससे उस म्यूज़िक सिस्टम से वो बहुत अच्छी है उमदा क्वालिटी है जैसे एप्पल है ऐपल का आईफोन है ना तो जब आपका प्रोडक्ट अपने आप में अच्छा होगा तो उसकी ब्रांड वैल्यू बढ़ती जाएगी और उसका एक आइडेंटिटी अपने आप बनता जाएगा तो प्रोडक्ट क्वालिटी को भी आपको ध्यान में रखना है अगर आपको ब्रांडिंग और पैकेजिंग से सिर्फ बात नहीं बनने वाली है आपकी ब्रांडिंग बनेगी तब जब आपका प्रोडक्ट का क्वालिटी होगा स्तर का होगा उसके बाद आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है ब्रांडिंग के लिए वो है कि आपके साथ लोग कौन है? आपके साथ काम करने वाले लोग कौन है आपके लोग ही डिसाइड करेंगे कि आप क्या और कैसे बनाएंगे। तो लोगों का आपको तीन-चार चीजों में ध्यान रखना पड़ेगा कि लोग हमेशा सीखते रहे आपके साथ जो भी लोग एसोसिएटेड हों वो हमेशा रोज सीखने की कोशिश करें। जब भी मौका मिले सीखें, कहीं से कुछ सीखें। जैसे अगर हम आज यहाँ कोई बात कर रहे हैं तो हम यहाँ से कुछ सीखें एक दो तो चीज़ भी अगर हम इससे सीख करके जा रहे हैं, तो हमारे लिए कहीं ना कहीं वो काम आएगी कहीं ना कहीं उसकी उपयोगिता होगी ऐसा नहीं है कि हम यहाँ आए हैं तो सारी चीज़ें बेकार बोल करके जाएंगे या आपके 100 परसेंट हो सकता है काम में ना। लेकिन कुछ ना कुछ बातें आपको हर जगह से हमेशा सीखनी चाहिए और सिर्फ आपको ही नहीं आपके जो प्रोडक्ट लाइन को बनाने में जितने लोग इन्वॉल्व हैं जितने लोग उसमें सम्मिलित हैं सभी को आपको इस तरीके से बताना पड़ेगा कि भैया आपको रोज कुछ ना कुछ सीखना है कुछ ना कुछ सोचना है है ना? तो लोग जब तक आपके साथ जो, जो आपके साथ इस पे काम कर रहे हैं वो जब तक इन चीजों का ध्यान नहीं रखेंगे जैसे वो सीखना उसके बाद उनके अंदर एक वैल्यू सिस्टम होना चाहिए उनके अंदर एक वैल्यू सिस्टम मुल्या, मुल्या, मुल्या, हाँ नहीं। जी हाँ वैल्यू वैल्यू मूल्य मतलब प्रोडक्ट का मूल्य नहीं प्रोडक्ट के बारे में जो है हम ये नहीं मैं उसकी बात नहीं करी मैं वैल्यू सिस्टम की बात कर रहा हूँ कि उनके कुछ अपने उसूल होने चाहिए ठीक है सो आपका जो भले दो आदमी का ऑर्गेनाइजेशन हो एक तीन आदमी का ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे पचास का हो चाहे हजार का हो जब तक आप अपने नहीं बनाएंगे काम को करने का तब तक वो मजा नहीं आएगा और वो सक्सेस भी नहीं होगा तो जो भी लोग आपके साथ हो, उनमें उसूल होने चाहिए उनमें सीखने की इच्छा होनी चाहिए उनमें ओन करने की कि आप, आप भी मालिक हैं इसके ये नहीं ये मैडम का काम है मैं तो सिर्फ काम कर रहा हूं तो आपको ये भाव उनके अंदर जगाना पड़ेगा कि आप भी इसके ओनर हो आप भी इसके मालिक हो अगर आप नहीं करोगे ठीक से और जब जब ये सारे भाव उनके अंदर आ जाएंगे सीखने की इच्छा आ जाएगी जाएंगी होगी उनकी कि ये तो मेरा चरित्र में बात आ जाएगा या मैं ऐसा नहीं करूंगा तो ऐसा हो जाएगा जो एक अपना एक वैल्यू सिस्टम एक उनका उसूल और ओनरशिप का भाव अगर आपके साथ काम करने वाले हर व्यक्ति में होगा तो वो आपके प्रोडक्ट में दिखेगा वो ऑटोमेटिकली दिखेगा अगर इन चीजों का अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो बड़ा मुश्किल होता है इससे so सो उससे क्या होगा अगर ये सारी चीजें हैं वो सीखने का इंटीग्रिटी है उसके अंदर उसूल है उसके अंदर ओनरशिप का भाव उसके अंदर है तो उससे क्या होगा उससे आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ेगी और आप एक टीम की तरह काम करोगे और प्रोडक्ट की क्वालिटी अगर बढ़ गई तो एप्पल बोस ये सब क्यों बढ़ रहे हैं आगे टोयटा क्यों बढ़ रहा है आगे क्योंकि इनके अंदर एक ये सारी चीजें हैं अब इसमें कुछ एग्जाम्पल है पैकेजिंग के लिए जिसके बारे में आपने गुजारा बात करना है तो आप देखिए ये दो पिक्चर्स हैं आपके सामने अगर कोई दूध खरीदने जाएगा तो ये चार में से प्रॉब्लम ज़्यादा होगी कि ज़्यादातर लोग इसको उठाएंगे क्यों उठाएंगे उसको क्योंकि वो अट्रैक्ट करता है उसमें कलर्स हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसको उठाने के लिए मजबूर करेंगे। रही so, सो वो क्यों उठाने के लिए मजबूर कर रही है क्यों उठाने के लिए मजबूर कर रही है क्योंकि जिस तरह की उसकी पैकेजिंग है जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि आप का जो प्रोडक्ट है वो आपके कंज्यूमर से आपके कस्टमर से जो खरीदने आया है कुछ ना कुछ कहता है बात करता है कम्युनिकेशन करता है तो वो कम्युनिकेशन उससे हो रहा है कम्युनिकेशन so, के कारण एक कोई इमोशन है जो वो उसको पिक कर ले उठा ले तो ये पैकेजिंग का इंपैक्ट है है ना कई बारी पैकेजिंग के साथ साथ आपने जो उस पर लिख रखा है वो भी मजबूर करते हैं लोगों को उठाने के लिए है ना? ये सारे कैन तो एक जैसे ही हैं, इंग्रेडिएंट भी एक जैसा ही है उसके अंदर जैसे टी शर्ट होता है सारे टी-शर्ट अगर वाइट कलर के हैं, पर उसमें सब में कोई ना कोई कोट लिखा हुआ है, तो वो कोट डिसाइड करेगा जैसे आपने लिख लिख दिया दिया, में एक में, लिख एक में लिख हर लिख लिख लिख। तो वो एक कि कौन सा वाला टी शर्ट लेगा अब समझ रहे हैं? टीशर्ट तो सारे व्हाइट है और काले कलर से ही लिखा है उसको लेकिन आपने क्या लिखा है वो उसकी सेल को बढ़ाने पे आ, वो कर सकते हैं योगदान दे सकते हैं जैसा बहुत सारे लोगों ने किया है वो इसी तरह के सिंपल प्रोडक्ट बेचते हैं मग बेच रहे हैं टी शर्ट बेच रहे हैं जिसमें कॉटन का सिंपल टी शर्ट है बट वो हजार रुपए का बेच रहा है क्यों बेच रहा है क्योंकि उसमें कोट जो लिखा हुआ है जो लिखा है उसके कारण वो बिक रहा है और लिखने का कॉस्ट भी उतना ही है बहुत कम है बट आप क्या कोट लिखेंगे वो उस पर डिपेंड कर रहा रहा था था मैं की बात कर, कर आपसे तो तो ये लोगों से तो आप सब परिचित होंगे जो लास्ट वाला है है क्या होता है? जब हम अपना काम कर रहे हैं तो हम अपने काम के लिए एक इंसिग् बनाते हैं एक लोगो बनाते हैं एक निशान बनाते हैं ठीक है अब क्या होता है उसमें एक साल हो गया दो साल हो गया उसके बाद हम बोलते हैं यार इसको थोड़ा बदल देते अच्छा नहीं लगेगा जब कोई आएगा आपको बोलेगा यार ये क्या लोगों बना दिया ये तो अच्छा नहीं है कुछ अच्छा बनाओ फिर आपको दूसरा बना दोगे। एक दो साल लगाया फिर बोला यार नहीं इसका ना कलर चेंज करते हैं ऐसा नहीं होता आप यहां से लेकर के यहां कर आप चेंज को यहाँ पे महसूस करिए विजुअली सो में जो लिखा था अठारह में बदला लेकिन चेंज कितना किया उसके बाद नब्बे से 1900 में बदला तो अठारह और 1900 वाले में कितना चेंज कितना कितना बदलाव आ रहा है सो so, ब्रांड की आइडेंटिटी एक दिन में नहीं बनती है या लोगो यह सिंबल जो आप अपने लिए पसंद कर रहे हैं वो सिर्फ एक दिन में नहीं बन जाता वो आपने एक बनाया उसके साथ आपको तो लगे रहना पड़ता है कि आप उसी में कितना और कैसे सुधार कर सकते आप एकदम से सारा नहीं बदल सकते है ना अगर यहाँ से यहाँ तक पहुंचा है आप अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि उन्नीस में क्या था और दो में क्या किया सिर्फ अगर ये दो को देखेंगे तो आपको तो बहुत अंतर दिखेगा लेकिन आपका लोगो एक साल पुराना हो दो साल पुराना हो उसकी आइडेंटिटी कुछ ना कुछ लोगों के पास है उसको आपको एकदम से नहीं बदलना चाहिए उसको आपको सुधार करना चाहिए और वो सुधार भी बहुत सिस्टमेटिक तरीके से होना चाहिए बहुत सोचे समझे तरीके से होना चाहिए उसके जो विजुअल लैंग्वेज है बॉडी फॉर्म है उस पर ज्यादा परिवर्तन नहीं आना चाहिए आप आप समझ पा रहे हैं इससे जी वैसे ये ये एक एयरलाइंस एयरलाइंस है देखिए से लेकर के 1913 में में शुरू हुई तो उसके लोगों फर्क देखिए जिस तरह से वहां पर आपने फर्क महसूस किया कि बहुत धीमे तरीके से ग्रेजुअल तरीके से तो आप एक ये एक, एक, एक निशान है आप कोई भी निशान ले सकते हैं कोई भी निशान बुरा और अच्छा नहीं हो सकता होता है आप हो सकता है किसी को बुरा लग रहा हो निशान अच्छा नहीं लग रहा हो पर वो एकदम खराब है आप उसको नहीं रख सकते ऐसा नहीं हो सकता ठीक है आप उस निशान को किस तरह से प्रस्तुत कर रहे हैं उसके पीछे की स्टोरी क्या है वो सारी और भी चीजें हैं जो उसको उसके बारे में आपको सोच के रखना चाहिए ओके okay, प्रोडक्ट के बारे में हमने बात किया था कि क्वालिटी और ये सब आप सो so आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं जो भी उत्पाद बना रहे हैं और एक्सपीरियंस के बारे में भी बात किया था कि हमने अगर घर में चाय पीते हैं और जा करके कहीं और चाय पीते हैं तो हम ज्यादा प्राइस देते हैं उसी तरीके से यहाँ एक एग्जाम्पल है आपके प्रोडक्ट के लिए और पैकेजिंग के लिए जूस आपने कई तरीके से देखा होगा कि कैसे सर्व कर रहे हैं मतलब तो बेंगलोर में एक ये आ, हैं जिन्होंने जूस का अपना शॉप खोला है वो क्या करते हैं फलों के अंदर ही जूस बना देते हैं और जो उसका खोल है उसी में जूस को सर्व करते हैं जैसे अगर आपको अमरूद का जूस चाहिए तो वो अमरूद के अंदर ही सर्व कर रहे हैं अमरूद निकाला और उसके खोल को रखा जूस मिक्सी में और मिक्सर में जूसर में ग्राइंड किया और वापस से उसी में डाला और सर्व कर दिया तो यहाँ पे क्या हो रहा है ये नया एक्सपीरियंस देने की कोशिश कर रहे हैं वो एक नया अनुभव है आप जूस तो हर जगह पियेंगे टेटरा पैक में भी मिलेगा बॉटल में भी मिलेगा पर इस तरीके से अगर वो सर्व कर रहे हैं तो एक अपना नया अनुभव वो अपने कस्टमर को दे रहे हैं तो इस तरीके से एक हम अपने जो भी आ, हमारा प्रोडक्ट है वो चाहे आ, खाने पीने का सामान हो चाहे डेकोरेशन का सामान हो चाहे पहनने का सामान हो उसके साथ हमको एक्सपीरियंस अनुभव जोड़ना चाहिए जैसा आपने यहाँ देखा दूसरा अनुभव का एक दूसरा उदाहरण है कि वही आदमी बाल काट रहा है यहाँ पर और वही आदमी यहाँ पर बाल काट रहा है एक ही आदमी को अगर मैं दोनों जगह बाल काटने के लिए भेज दू बट कस्टमर जो बाल कटवाने जा रहा है उसका अनुभव यहाँ का और यहाँ का फर्क हो है ना, नो so, अनुभव को हमेशा बेहतर अनुभव देने की कोशिश करना चाहिए हमें अपने कस्टमर को चाहे हम कुछ भी दे रहे हो, कोई भी प्रोडक्ट बेच रहे हो, कुछ भी मतलब कोई भी प्रोडक्ट बेच रहे हो, और कोई भी सेवा दे रहे हो उनको उसका अनुभव हमें उन्हें अच्छा देने की कोशिश करना चाहिए ठीक है ओके हाँ अब इसमें मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप अपना जो उत्पाद है उसकी फंक्शनैलिटी मतलब उसकी उपयोगिता को कैसे बढ़ा सकते हैं कैसे उपयोगिता को बढ़ाया जा सकता है ना? तो जैसे आप देख रहे हैं ये पहला पिक्चर जो है ये साबुन रखने का साबुनदानी है जो तो सोप केस है ना आपके सबके घर में होगा तो इसमें क्या है इस सोप केस में अगर आप साबुन रखते हैं और पानी अगर रह गया तो वो साबुन गल जाएगी होता है नहीं होता है होता है ना साबुन गल जाती है। तो उसमें क्या किया कि नहीं गलना चाहिए साबुन बोल करके ग तो तो इस प्रोडक्ट की उपयोगिता को बढ़ा दिया ये ट्रेड आइटा है ना तो हमें और आगे इसमें क्या किया उसमें एक स्माइली बना दिया है ना तो अब ये तीन उत्पाद आपके सामने हैं। अब इन तीन उत्पाद में से ये उत्पाद की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि ये बिकेगा क्यों बिकेगा क्योंकि वो इमोशनली कुछ कह रहा है वो बोल रहा है कि इसमें स्माइली बना हुआ है आप खुश महसूस करेंगे उसको देखकर करें। के। और उपयोगिता भी बढ़ गई उसकी अब लेकिन इसमें क्या हो रहा है ये भी एक साबुन साबुदानी है है ना साबुन नहीं इसमें उपयोगिता भी है लेकिन इसमें एस्थेटिक्स भी डाल दिया है कि ये ज्यादा सुंदर लग रहा है उस और प्रोडक्ट का मटेरियल दूसरे ठीक है अब इसमें क्या हो रहा है ये वाला साबुनदानी जो है इसमें आपकी उपयोगिता और बढ़ा दी उसने कि आप सिर्फ नीचे ही नहीं रखना है इसको पे ही नहीं ठीक तो है, थी। है अब दूसरा वाला यह है इसमें क्या किया इन्होंने की कि और अच्छा मटीरियल इस्तेमाल कर लिया और उसमें दो तरह के साबुन रखने की व्यवस्था कर ली है न तो नेक्स्ट वन, ओके इसी तरह से आप आप पर ये छीलनी जो होती है, छीलते हो उसकी भी उपयोगिता को कैसे बढ़ाया है और साथ साथ में उसके एस्थेटिक्स को उसके सौंदर्य को कि वो दिखना अच्छा चाहिए कैसे बढ़ाया है आप इसमें देख सकते हैं, और इसमें बहुत सारे तकनीकी डेवलपमेंट भी उन्होंने किए हैं जो पिक्चर uh, के अलावा अगर प्रोडक्ट होता तो मैं आपको ज्यादा समझा सकता था बट यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से इन्होंने बढ़ाया नेक्स्ट yeah. so, या तो जैसा आपने देखा यहाँ पर कि ये सांप्रदायी को कैसे इन्होंने उपयोगिता बढ़ाई कैसे इसमें एक इमोशनल वैल्यू डाली और कैसे यहाँ पर मटीरियल दूसरे तरीके से इस्तेमाल उससे ये प्रोडक्ट जो है इस तरह से इसका इंप्रूवमेंट हुआ है इम्प्रूवमेंट दिखने में हुआ है इंप्रूवमेंट इसका उपयोग करने में हुआ है अब लेकिन उसके साथ साथ ये वाली जो साबुन है क्या मैं यहाँ रख सकता हूँ उस परिवेश में नहीं रख सकते उस तरह का अगर मेरा जगह है तो मैं कभी भी ये वाला साबुन रखने का नहीं खरीदा प्रबेबिलिटी क्या है इन तीनों में से कौन सा को, कोई खरीद सकता है नीचे वाला है ना नीचे वाला क्यों खरीद सकता है क्योंकि इस परिवेश में वो रख सकता है। और ये इसलिए बता रहा हूं मैं क्योंकि हम जब भी मेलों में जाते हैं और दूसरी जगह जाते हैं अपने उत्पाद को बेचने के लिए तो वहां जो लोग आ रहे हैं उनका परिवेश अमूमन ऐसा ही हो गया है ना तो अपने को ये सोचना है कि क्या मैं ये उत्पाद मेरा ये उत्पाद जो है जो प्रोडक्ट है क्या वो इस परिवेश में रख सकता है है ना आपको ये सोचना है ऑटोमेटिकली आप देखना आप उस तरफ काम करने लोग जहां पर कि आपके उत्पाद ऐसे परिवेश में रखे जा सके मैंने बहुत सारे क्राफ्ट क्लस्टर में काम किया है और ये देखा है कि जो उत्पाद वो बना रहे हैं वो इस तरह के परिवेश में रखने लायक नहीं है ऐसा नहीं है कि वो उत्पाद बुरे हैं वो प्रोडक्ट बुरे हैं या अच्छे नहीं हैं बट जिस तरह का एनवायरनमेंट है वहाँ पर वो सूट नहीं करेगा। तो उससे क्या हो रहा है उससे उसकी सेल डाउन हो रही है। या तो मुझको तो उस उत्पाद को परिष्कृत करके वहाँ तक ले जाना चाहिए कि ये इस तरह के इन्वायरमेंट में सूट करे ना तो ये आप लोगों को तो ध्यान रखना है कि हम जो उत्पाद बनाए वो ऐसे नेक्स्ट वन अब आ, वैसे इसके साथ है आप, आप देख सकते हैं कि इस तरह के परिवेश में अगर कोई है तो किस तरह की छीलनी का वो इस्तेमाल करना पसंद करेगा है ना लास्ट तो हाँ अब आते हैं हम एस्टेटिक्स पे जो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं वो खरीदने कौन आ रहा है और उनका जो स्थेटिक्स है सुंदरता के प्रति किसी चीज को पसंद करने के प्रति उनका नजरिया क्या क्या आपके सामने ये दो पिक्चर हैं ये माड़िया ट्राइब्स से, से माडिया या माड़िया छत्तीसगढ़ से माड़िया या मोरिया मोरिया शायद छत्तीसगढ़ का माड़िया नहीं नहीं सॉरी एमपी का बैगा महिलाएं हैं जिन्होंने ब्यूटी पेजेंट में हिस्सा लिया है ठीक है और में भी विनर वो तो विनर जीतने वाली महिलाएं होंगी अब आप ये बताइए तीनों दोनों पिक्चर में दोनों पिक्चर सुंदर है दोनों, दोनों पिक्चर में जो महिलाएं हैं वो भी सुंदर है अपने आप फर्क क्या है फर्क उसका फर्क है कि वो सुंदरता को कैसे परिभाषित करते हैं और किस चीज को सुंदर मानते ठीक है ना सो so, इन दोनों पिक्चर को आप इस तरह से समझने की कोशिश करिए कि जो भी हम बनाते हैं उसको देखने वालों की सुंदरता के प्रति सोच क्या है वो क्या पसंद करते हैं और कैसे पसंद करेंगे आप ये किसी भी तरह से इनके कंपैरिजन में सुंदरता में कम नहीं है लेकिन बात सिर्फ ये है कि वो सुंदरता के प्रति उनकी सोच क्या है और वो कैसे उसको परिभाषित करते हैं और वो कैसे मानते हैं कि ये सुंदर तो यहां मैं आपको तो दो एग्जाम्पल दे रहा हूं उसी के कंटिन्यूएशन में कि ये आपके सामने तीन प्रिंट हैं। प्रॉबेबिलिटी अर्बन सिनरियो में जो शहरी क्षेत्र हैं, वहां पर इस तरह के पैटर्न